नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी इको जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये गाड़ी है और ये खासकर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही निकलवाई है ये इन, इनके पास थी ये भाई के पास गाड़ी और इस गाड़ी में ये जो गाड़ी है आपको ये दो का मॉडल है और ये गाड़ी कितनी चल चुकी है ये गाड़ी बासठ चल चुकी है बासठ हज़ार किलोमीटर कुछ भाई बता रहे हैं ये गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी का लुक वगैरह मैं आपको दिखा देता हूं 2011 में इस गाड़ी में क्या आता था नया तो बी एस सिक्स लॉन्च हो चुका है वो भी किसी वीडियो में हम कवर करेंगे लेकिन फ़िलहाल आज इस वाली वीडियो को जो भी मतलब सेकंड हैंड गाड़ी ई लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या आता है तो सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके का एकदम कार इस गाड़ी को नहीं बोल सकते एक तरीके से आप इसे वैन बोल सकते हैं और मारुति सुजुकी ने इसे एज एमनी के कम्पिटीटर में लॉन्च uh, किया था और जब से ये गाड़ी आई थी जो ओमनी की बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी जो इसके प्राइस है वो भी मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छे रखे हैं नई गाड़ी अगर आप लेने जाएंगे तो चार पाँच लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी और अगर आप प्राइस नेगोशिएट कर पाते हैं तो और भी कम में देखने को मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में ये है कि इसको आप एज़ ए फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए आप अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी वो ले सकते हैं अब कई लोग इसे ड्राइवर से कम्पेयर करते हैं तो मैं आपको भाई एक चीज़ बता दूँ कि ट्राइवर बेशक अच्छी गाड़ी है लेकिन इस गाड़ी में जो इंजन है 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन है ये वाला इंजन आपको ट्राइवर में देखने को नहीं मिलता और इसका जो इंजन है काफी ज्यादा पेपी है मैंने भी इस गाड़ी को चलाया हुआ है सब फटाफट से हम देख लेते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है सामने की तरफ कुछ इस तरीके की ग्रिल है यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो है और ये जो सामने की तरफ आप बंपर देख सकते हैं ये आफ्टर मार्केट है और ये आपको इस तरीके के कुछ हेलोजन हेडलैम्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं जो बोनेट है इस गाड़ी का काफी ज़्यादा छोटा सा है एकदम मस्त सामने से क्यूट सी लगती है ये गाड़ी साइड में आपको यहाँ पर फेंडर्स में इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के डोर्स और ये इसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं टायर साइज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये शायद 14 इंच के टायर हैं कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है ये लिखिए तो अगर मैं टायर की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 13 इंच के टायर आप यहां पर देख सकते हैं देखने को मिल जाते हैं स्टील रिम में आपको टोटल ये गाड़ी देखने को मिलती है और साइड से ओवरऑल इस गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आता है आ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो वेगन है ना उसकी ही बड़ी बहन है ये गाड़ी वैगन आर को थोड़ा सा लंबा कर दिया टोल बॉय डिज़ाइन में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एको की बैजिंग मारुति सुजुकी का लोगो और इस तरीके का कुछ इसमें अब पार्किंग सेंसर भी आने लग गए नई वाली गाड़ी में जिस समय ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2011 में उस समय गवर्नमेंट ने ना एयरबैग मैंडेटरी किया था ना ही पार्किंग सेंसर मैंडेटरी कर रहे थे तो इस समय उस उस समय इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता था सेफ़्टी के नाम पर केवल इस गाड़ी में सीट बेल्ट है आपको पीछे की तरफ कुछ बड़ा सा एकदम ग्लास देखने को मिल जाता है यहाँ पर एकको की बैजिंग है और हम लेफ़्ट साइड से भी देख लेते हैं कुछ इस तरीके की ये गाड़ी देखने में लगती है बाकी ये जो स्कीड प्लेट्स आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट हैं अब हम चल देते हैं गाड़ी के अंदर अब हम देख रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर तो ये है गाड़ी का डोर आप देख सकते हैं कोई पावर विंडो वगैरह इस गाड़ी में नहीं है और इस तरीके के इस गाड़ी में आपको कुछ ओ देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल सिंपल से डिज़ाइन है कुछ भी फैंसी इनमें नहीं है बाकी ये है इस गाड़ी की सीट्स और जो सामने से जो डैशबोर्ड है ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है और गाड़ी में बैठते ही एक जो फील आ रही है वो आ रही है भाई एकदम स्कॉर्पियो वाली एकदम ऊंचा-ऊंचा जो बैठने का जो लगता है ना कोई फील बड़ी गाड़ी में वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है सामने की तरफ पैर वगैरह रखने के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है और इस गाड़ी में आपको ए वगैरह भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ये जो आपको म्यूज़िक सिस्टम दिख रहा है ये आफ्टर मार्केट है और यहाँ पर यह ए के कंट्रोल्स हैं डोर को बंद करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका केबन लगता है यह है इस गाड़ी में आईआरवीएम जो कि डे नाइट का इसमें कोई स्विच नहीं है नॉर्मल सिंपल आईआरवीएम आर है इस गाड़ी के जो सनसेट है कुछ इस तरीके के इनमें भी कोई मिरर वगैरह आप वेनिटी मिररर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है और ये है भाई इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील था बीच में आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है इस तरफ है गाड़ी में वाइपर्स के कंट्रोल और इस तरफ हैं भाई लाइट के कंट्रोल एक बार मैं आपको डैशबोर्ड चालू करके बताऊं, कुछ इस तरीके की लुक आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बासठ किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है आपको मीटर में 180 के आसपास कुछ मार्किंग्स देखने को मिल जाएगी अब एक्चुअल में भाई कितनी भागती है ये गाड़ी तो अपन को पता नहीं है यहाँ पर आपको ये हेज़ार्ड लेम का जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है और ये है कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का गेयर लीवर इसमें आपको पांच फ्रंट और एक रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक बाकी सीट बेल्ट के अलावा और कोई फीचर नहीं है ना इसमें वगैरह कुछ भी नहीं आते नहीं। नहीं। है हाँ। तो तो बैठ मतलब के देखने में तो और अपने थोड़ा सा पीछे की साइड एक बार इसका गे, गेट कैसे खुलता है एक बार बताओ जरा खोल के गेट लगाए और ऐसे क्या है यहाँ से खुलता है चलो कोई बात नहीं खोलो इसे मस्त ऐसे ओमनी का जैसे स्लाइड होता है ना सेम टू सेम इसका भी स्लाइड होता है और अंदर की तरफ जो एकदम जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आधा पूरा इस गाड़ी में अभी खड़ा हुआ हूं आप देख सकते हैं इतना स्पेस है इस गाड़ी में पीछे गाड़ी के... को आप नाइन सीटर भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे ये एलपीजी पी यहाँ आ जाती है और यहाँ पे दो सीटें लग जाती हैं एक इधर और एक तो मतलब भाई मॉडिफिकेशन मोडिफिकेशन के हिसाब से काफी अच्छी है पीछे की तरफ ये एलपीजी का सिलेंडर है ये गाड़ी एलपीजी पेट्रोल दोनों में चलती है और जो बूट स्पेस है कुछ पाँच लीटर के आस है इस गाड़ी में ये भाई ने जो डोर है इसका पीछे का वो खोल दिया है और मतलब आप एज एज ए कॉमर्शियल वाहन जो आप सामान वगैरह इधर उधर ले जाना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो उस पर्पज़ में आप इस गाड़ी को अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगी बाकी भाई पीछे की तरफ अगर सीट का स्पेस में आपको बताऊँ तो ये फिक्स है या आगे पीछे नहीं होती है और जो ड्राइवर की सीट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद भी आपको जो स्पेस है पीछे की आराम से देखने को मिल जाता है देख सकते हैं आप रूम भी काफ़ी ज्यादा ऊपर है और यहाँ पर आपको एक केबिन लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है और और एक केबिन लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है दो दो केबिन लाइट है इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी स्पेशियस गाड़ी है और फाइव सीटर और सेवन सीटर दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है एक बार मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ बोनेट खुलना कहाँ इंजन कहाँ इंजन तो इसका नीचे रहता है ये है इंजन में ये देखते हैं लोग ये। है। तो भाई इस गाड़ी में जो इंजन है वो अंदर की तरफ पीछे वाली सीट के नीचे आता है या सामने वाली सीट के नीचे? सामने वाली सीट के नीचे यहाँ पर प्लेस रहता है और उससे ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है ना सामने के पहियो से चलती है तो सामने के पहियों से चलती है और मैंने सोचा था यहाँ पर वो जैसा चार सौ सात में नहीं दिखता सामने इंजन वैसा दिखता होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ये काफ़ी खाली खाली सा एकदम नैनो की याद दिला देता है और यहाँ पर ये यह इसका जैक वग़ैरह जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर विंडशील्ड का जो वॉशर है वो यहाँ पर हो जाता है और ये क्या चीज़ है सेल्फ सेल्फ की जो मोटर है hmm. मोटर है क्या है मोटर से अच्छा तो ये सेल्फ़ का जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिया गया है और आगे यार मतलब काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है ये क्या चीज़ है कूलेंट है जी ये कूल फिल करने के लिए आपको सामने मिल जाता है और जो स्टेयरिंग वगैरह की जो रोड है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ रही है, है। ये एसी की पाइप हाँ इसमें एसी आता है ना हाँ। चलो तो भाई ये थी ओवरऑल गाड़ी और स्टार्ट करके एक बार मैं आपको गाड़ी की आवाज़ भी सुना देता हूँ कैसी है बाहर से तो चलो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से आपको सुना देते हैं आवाज़ हैंड ब्रेक लगा दो ठीक है तो ये देख सकते हैं गाड़ी वन टच में एकदम मस्त स्टार्ट होती है यहाँ पर आपको फ्यूल कैप जो है वो देखने को मिल जाता है कितने लीटर का टंकी है इसकी इसकी तीस की लीटर की तीस चालीस लीटर की होगी है ना तीस चालीस लीटर के लगभग इसकी टंकी है और जो लंबाई चौड़ाई है वो सब तो अभी मुझे पता नहीं है लेकिन जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूँगा और जो व्हील बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है इस प्लेट के कारण आपको थोड़ी और नीचे लग रही होगी लेकिन गाड़ी एक्चुअल में ऊंची है मिनिमम 160 सिक्सटी की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो मेरे हिसाब से इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती होगी बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके की गाड़ी में सस्पेंशन है बाहर की तरफ जो गाड़ी है काफ़ी साइलेंट है कुछ खास ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही है एक बार मैं आपको कैबिन में बैठ कर के तो लगाना गेट केबिन में बैठने के बाद भी जो आवाज़ है सीट के नीचे से आ रही है और काफ़ी अजीब सा लग रहा है लेकिन आवाज़ बहुत कम है थोड़ा सा वाइब्रेशन है और जो ऊंचा एकदम बैठने वाली जो फील है एकदम महाराजाओं वाली वो ये गाड़ी आपको दे सकती है बाकी ड्राइवर और इसकी जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो इसे जो लोग आजकल ट्राइवर से कंपेयर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी सी बात है क्योंकि ड्राइवर और ये मतलब ये एक कॉमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से बनाई गई गाड़ी है और जो ट्राइवर है वो आपको फुल एडवेंचर लॉन्ग ट्रिप्स में सेवन सीटर एक ट्रू सेवन सीटर गाड़ी वो है तो भाई ये थी मारुति सुजू की एकको जो कि इन भैया के पास थी अगर आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो इन इनका नंबर मैं आपको नीचे शो कर दूँगा पॉपअप में वहाँ से आप इन्हें कॉल करके बात कर सकते हैं अगर अवेलेबल होगी तो ये बता देंगे बाकी अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या भोपाल के आसपास के हैं तो ही इनसे कॉल करें बाकी दूर के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको जो आरटीओ का जो टैक्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं बाकी ये था भाई मारुति सुजुकी इको का वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है लेकिन अब जो नई वाली आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ आ रही है जैसे एयरबैग और आपको पीछे की तरफ जो पार्किंग सेंसर हैं दो जो मैंडेटरी हैं वो देखने को मिल जाते हैं और जो डिज़ाइन है वो तो अभी तक भी पूरा सेम है डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ बाकी इतना था इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद